तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अफसर आलम आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल एके तो स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल एके में तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सअप स्टेटस पर आप यूज किस तरह से बढ़ा सकते हैं अगर आप भी व्हाट्सअप स्टेटस पर यूज लाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक कौन सा है कि आप कैसे व्हाट्सएप स्टेटस में यूज बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है? अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है तो चलिए मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ व्हाट्सअप ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है यहाँ पे देख सकते हैं सारे व्हाट्सएप स्टेटस यूज बढ़ाने के लिए ग्रुप ही है इसके अलावा अब यहाँ पे नीचे आके मैं आप लोग को दिखा दिखा देता हूँ कि कितना सारे मैसेज किया है तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ओपन हो रहा है लोड हो रहा है कुछ समय आपको वेट करना है तो चलिए फिर से हम दोबारा से कोशिश करते हैं तो दोबारा से कोशिश करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लोड हो गया है यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि तो यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हाट्सएप यहाँ पर लिखा क्या है सेव माई नंबर फॉरम स्टेटस यूज तो इस पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आपको मेरे नंबर सेव कीजिए और मेरा WhatsApp स्टेटस देखिए तो सिंपली आपको करना क्या है जिसने भी इसे मैसेज किया है इस पे क्लिक कर देना है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट जो इस पे क्लिक करना है इस पे सिंपली क्लिक करना है तो फिलहाल कोई भी नाम दे देते हैं चलिए कोई भी नाम से सेव कर लेते हैं इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जिस नाम से सेट किए हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो चलिए मैंने इस नाम से सेट किया है तो इसको सर्च कर लेते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है सर्च बटन पे इस पर क्लिक करना है उसके बाद जिस नाम से आप सेट किए हैं वो आप यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया है तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद फिलहाल आप कोई सा भी मैसेज कर देना है तो चलिए कुछ भी मैसेज मैं कर देता हूँ इस तरह से मैसेज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस पे आना है स्टेटस पे स्टेटस पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे देख सकते हैं है, उसका स्टेटस लगा हुआ नहीं है जिस नाम से आपने सेट किया है उसका इस्टेटस लगा हुआ नहीं है अगर लगा हुआ रहता तो हम इस प्रकार से उसका इस्टेटस देख सकते थे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते थे तो इस तरह से आप अगर उसका इस्टेटस देखते तो उसका यूज बढ़ता तो आप भी स्टेटस में यूज बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आपको अगर इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको करना कुछ नहीं है सिम सिंप, को सिंपली करना क्या है तो चलिए मैं बता देता हूँ एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको उस नंबर को आपको नोट करना है तो चलिए नंबर मेरा यहाँ पर देख सकते हैं मैं डायल करता हूँ आप यहाँ से ले लीजिएगा ये वाला हमारा नंबर है आप इस नंबर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही वीडियो को लाइक करके आपको स्क्रीन शॉट भेजना है स्क्रीनशॉट लेके आप भेजेंगे तो मैं आप उस ग्रुप का लिंक दूंगा आप जिस ग्रुप जिस ग्रुप से आप स्टेटस का यूज़ बढ़ा सकते हो उस ग्रुप में जुड़ के आप स्टेटस यूज़ बढ़ा सकते हो तो आई होप आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय